हेलो दोस्तों वेलकम बैक टू द गुजराती चेस जोन जैसे कि आप सबको पता ही है कि अभी है फिलहाल हम लोग स्कैंडिनेवियन डिफेंस के बारे में डीप में डिस्कस कर रहे हैं तो स्कैंडिनेवियन डिफेंस के सारे वेरिएशन खत्म होने के बाद ही मैं कुछ और ओपनिंग बनाऊंगा और मेरे कमेंट बॉक्स में बहुत सारे सजेशन आए हैं कि आप टैनिश ग अगेंस्ट और जैसे पोर्टुगीज वो पर्क डिफेंस फ्रेंच डिफेंस के बारे में विनअवर वेरिएशन सब सजेशन देते हैं लोग मुझे कि इस बारे में मैं दोस्तों सभी ओपनिंग का नॉलेज रखता हूं मेरे पास सारी ओपनिंग्स के मटेरियल है और पूरी आ, मतलब एनालिसिस करके मैंने खुद बनाई है बहुत सारी ओपनिंग्स तो जैसे कि हम पोर्टुगीज कैम्पिट में डीप में कर रहे हैं स्कैंडिनेवियन डिफेंस तो मैं यही चाहता हूं कि एक वेरिएशन एक ओपनिंग आपके लिए मैं पूरी रेडी करके तैयार कर दूंगा उसके बाद ही मैं दूसरी ओपनिंग शुरू करूंगा तो पेशन रखिए आपकी चॉइस की ओपनिंग भी नेक्स्ट नेक्स्ट टू तो नेक्स्ट में आ सकती है आफ्टर फिनिश डिफेंस टू तो वेट एंड वॉच और सभी ओपनिंग जानने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि वन बाय वन सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे तो चलिए शुरू करते हैं स्कैंडियन डिफेंस लास्ट टाइम हमने देखा था पोर्टुगीज वेरिएशन में मैंने बताया था की थर्ड फिफ्थ मूवमेंट बीस बी फाइव चैक बी बी फाइव चैक इन पोर्टुगीज वेरिएशन याद रखो Bb5 चैक अलग भी आता है जैसे कि e4 d5 डी फाइव इट एक्स डी और उसके बाद bb5 फाइव अब ये दो वेरिएशन आपके दिमाग में मिक्स नहीं हो जाए इसलिए मैं खास बताना चाहूंगा कि bb5 फाइव बिना पोर्टुगीज मतलब बिना d4 के आ सकता है और bb5 फाइव डी फोर वाली लाइन में भी आ सकता है तो देखते हैं हम पोर्टुगेज में डी फोर वाली लाइन में बीबी फाइव चेक मैं बिना डी फोर का बीबी फाइव चेक का वीडियो बनाऊंगा लेकिन उसके लिए आपको वेट एंड वॉच करना पड़ेगा तो चलिए शुरू करते हैं इोर डी फाइव डी फाइव नाइट एफ डी फोर देन बीसबी फोर डी फोर व्हाइट ने किया है यहाँ पे तब हमारा बिशअ जी फोर आता है डी फोर नहीं करता है वाइट और Bb5 फाइव चेक डायरेक्ट देता है तो कुछ और मुंह आ गया ये ध्यान रखना दोस्तों और कौन सा मुंह आएगा वो जानने के लिए आपको मेरा अगला वीडियो देखना पड़ेगा तो चलिए यहाँ पे विशअप B5, जैसे कि वाइट ने खेला D4 और हम खेले फोर B5, एफ थ्री F3, एफ F5 और धैन Bb5 फाइव चेक अब ये कुछ अलग हो गया यहां पे आपको खेलना है एनबीटी सेवन और यहां वाइट के पास दो मेन ऑप्शन सी दूसरा है जी तो सी फोर मेन वेरिएशन है सी इसमें आपको खेलना है ई सिक्स के बाद मेन लाइन आपको देखनी है तो डी क्रॉस ई सिक्स आता है मेन में, में. लेकिन साइड लाइन में पहले बताऊंगा बाद में मेन लाइन बताऊंगा तो साइड लाइन में दोस्तों नाइट सी थ्री और दूसरा जो मैंने भी बताया आपको जी फोर तो दोस्तों नाइट सी थ्री में क्या करना है नाइट सी थ्री के बाद आपको ये पॉइंट कैप्चर करना है पॉइंट फोर सी टेक्स डी फाइव पे सी टेक्स डी फाइव अच्छा नहीं है इसलिए व्हाइट की लाइन में कंप्यूटर सजेस्ट कर रहा है सी फाइव तो सी फाइव में आपको क्या रिप्लाई देना है ये मैं बताऊंगा यहां पे आपको खेलना है सी सिक्स बिशअप डी थ्री बिशअप टेक्स डी थ्री क्वीन टेक्स डी थ्री और उसके बाद बी सिक्स इसके बाद आप अच्छे से ब्लैक से खेल सकते हो दोस्तों कोई प्रॉब्लम नहीं है डेवलप अच्छा है आपका और ना तो आप पॉन डाउन हो फोन इक्वल भी है पोजीशन भी अच्छी है काफी अब देखते हैं साइड लाइन टू जी फोर ई फोर डी फाइव बी फाइव नाइट एफ सिक्स डी फोर बी सब जी फोर एफ थ्री बीस एफ फाइव देन बीवी बी फाइव चैक बीवी बी फाइव चैक में नाइट बी डी सेवन सी फोर और बाद में ई यहाँ पे डी क्रॉस क्रॉस ये मेन लाइन है अब मैं आपको दिखाना चाहूंगा साइड लाइन तो लाइन आप वेरिएशन में में लिख सकते हो कि साइड लाइन वन देन साइड लाइन टू तो। आप पूरी बुक बहुत ही बढ़िया तरीके से तैयार कर सकते हो मेरे सारे वीडियो देख के वन बाय वन नहीं अगले वाले वीडियो नहीं देखे हो वापस जाके मेरे चैनल में सभी वीडियोस आपको मिल जाएंगे और रिसेंटली ये फिफ्थ वीडियो आई थिंक कैंड का है या आप आगे के चार वीडियो देख लीजिए जी फोर अर्ली जी फोर यहां पर सैक्रीफाइस नहीं आएगा बिशफ जी आएगा बिशब जी के बाद वाइट खेलता है डी क्रोसी सिक्स एवक्रॉसी सिक्स नाइट ई टू सी सिक्स फोर नाइट जी फोर अब सैक्रीफाइस आएगा नाइट क्रॉस जी फोर थोड़ा वेट करने के बाद सैक्रीफाइस ये सारे मूव्स आपको एकदम रट्टा मारने हैं मतलब तैयार करने हैं एक ही लाइन में 10 बार करने के बाद आपको पक्के हो जाएगा नाइट जी फोर आफ्टर एप्रोच क्रॉस जी फोर आपको क्वीन एच फोर चैक मिल रहा है यहाँ पे बहुत ही बेस्ट हूँ नाइट जीत रही सिक्स अब देखो दोस्तों वन बाय वन वाइट को आपके क्वेश्चन के जवाब देने होंगे दे। चेस में वही ज्यादा गेम जीतता है जो क्वेश्चन पूछता है और वही गेम लॉस होता है जो सिर्फ क्वेश्चन के आंसर देता है आपने यहां पे क्वेश्चन पूछा कि मैं आपकी नाइट को मार रहा हूँ अब क्वीन एप वो आपके क्वेश्चन का जवाब दे रहा है नाइट को सपोर्ट करने के लिए और सिंपल रुक एपेट क्वीन ई थ्री यहाँ पे फोर्स मूव है नाइट को वो छोड़ के जा नहीं सकता बिशअपटेक्स नाइट देन टेक्स और क्वीन टेक्स रुक हो रहा है क्वीन के बाद लॉन्ग कैसल और यहाँ से पूरी यह ब्लैक के फेवर में है पोजिशनली बहुत ही प्लस है ब्लैक यहाँ पे मैं आपको मेन वेरिएशन बताना चाहूंगा मेन वेरिएशन में, में देखिए इोर d5, फाइव knight f6, d4, bishop g4, f3, bishop f5, bishop b5, check, knight थ्री बिशअप एफ फाइव बिशअ बी फाइव चैक नाइट बी डी सेवन सी फोर ई सिक्स देन डी टेक्स ई सिक्स ये है दोस्तों मेन वेरिएशन मेन वेरिएशन में आपको बिशअ टेक्स ई करना है अब एक मूव तो यहां पे पक्की है बिशअप क्रॉसिस के बाद यहां पे मैं वाइट को तीन चॉइस दे रहा हूं तो सबसे पहली चॉइस है सी जो ज्यादा फेमस नहीं है दूसरी चॉइस है नाइसी थ्री ये भी इतना इफेक्टिव नहीं है लेकिन थर्ड चॉइस जो है डी फाइव इसमें तीन वेरिएशन ब्लैक की ओर से होंगे तो यहां पे हम देखेंगे पहले सी फाइव वाला वेरिएशन यहां पे आप तीन भाग कर दो मेन लाइन लिखने के बाद मेन लाइन a मेन लाइन बी एंड मेन लाइन c सी फाइव आपको यहां खेलना है सी सिक्स अटैक ऑन दिस बिशअप बिशअप ए फोर नाइट डी फाइव अब नाइट सेंट्रलाइज होगा नाइट सी थ्री यहां पे नाइट टेक्स नाइट जैसे ही नाइट डेवलप होता है उसे तुरंत कैप्चर कर लो बी टेक्स नाइट पॉन एक ही लाइन में डबल हो जाएंगे जो एंड गेम में आपको काफी फायदेमंद रहेंगे क्वीन एच फोर चैक यहां भी आपको चैक मिल रहा है तो जी एक ही बढ़िया ऑप्शन होता है यहाँ पे जी थ्री देन क्वीन एच अब ये पोजिशन से आप काफी अच्छा खेल सकते हो लाइक बिशअ ई सेवन और लॉन्ग शॉर्ट कैशल का प्लानिंग यहां पे है अब देखिए दोस्तों दूसरा मेनवी रिशन ई फोर डी फाइव ई क्रॉस डी फाइव नाइट एफ सिक्स धैन डी फोर बिशअ जी फोर एफ थ्री बिशअ एफ फाइव धैन बीबी फाइव चेक नाइट सेवन देन सी फोर ई सिक्स डी टेक्स ई सिक्स बिशअेक्स ई सिक्स दूसरा मेन वेरिएशन है नाइट सी थ्री व्हाइट की ओर से एक और रिप्लाई आ रहा है नाइट सी थ्री यहां आप खेल रहे सी सिक्स काउंटर अटैक यहाँ पे कर सकता है व्हाइट डी फाइव उंटर अटैक एक ही उसके लिए अच्छी मूव क्योंकि विशप ए में विशपटेक्स सी फोर और यहां पे ब्लैक काफी फेवरेबल गेम है तो डी के रिप्लाई में विशेक्स डी फाइव आता है यहाँ पे सी टेक्स डी उसके बाद सी टेक्स बी फाइव आफ्टर नाइटेक्स फाइव यहां पे क्वीन चेक नाइक्सी c3 और ये गेम आपकी फेवर में पिशअप b4 तो ये था दूसरा मेन वेरिएशन अब तीसरा जो मेन वेरिएशन है d5 वो बहुत ही लंबा है मतलब उसमें मुझे पूरा एक अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा तो मेरे नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में देखेंगे कि तीसरा डी फाइव वेरिएशन है उसमें मैं डीप में आपको बता दूंगा ई फोर डी फाइव नाइट एफ सिक्स बीसब जी फोर एफ थ्री बी सब एफ फाइव बीबी फाइव चैट एन बी डी सेवन देन सी फोर ई सिक्स डी टेक्स ई सिक्स बी सब टेक्स ई और इसके बाद D5. अब इसके आगे के मोर्च आपको देखने हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में पूरा मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा तीन भाग होते इसमें भी और ये तीन मेन लाइन होती है वो तैयार करने के बाद पोर्टुगीज गैम्बिट में बीस बी फाइव चेक वाला पूरा वेरिएशन आपके सामने आजी हो जाएगा तो दोस्तों पोर्टुगीज मतलब स्कैंड बहुत ही डीप में है इसमें बहुत सारे वेरिएशन है समझना एकदम इजी है क्योंकि सारे मूव आपके कहने के मुताबिक होते हैं जैसे कि आप गेम भी खेलोगे तो जितने मूव आपने तैयार किए वही मूव ज्यादातर गेम में आते हैं तो इसके बारे में आप प्रैक्टिस कीजिए सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि दो टाइप के प्लेयर होते हैं चेस में एक तो पोजिशनल प्लेयर दूसरा है अटैकिंग प्लेयर पोजिशनल प्लेयर जो धीमे धीमे पॉन प्लस होने की योजना बनाता है और फिर गेम को एंड गेम में ले जाके सारे पे सिंपलीफाई करके गेम जीतना चाहता है और अटैकिंग प्लेयर बीच में ही मिडल गेम में ही गेम को कुछ न कुछ तरीके से क्रश करना चाहता है यहाँ पे दोस्तों स्कैंडिनेवियन डिफेंस एक ऐसी लाइन है कि बहुत सारे वेरिएशन मोस्टली वेरिएशन में अटैकिंग है आप ब्लैक से कहीं न कहीं व्हाइट की गेम क्रश करना चाहते हो वैसे तो आप देखा जाए तो कोई भी ओपनिंग खेलोगे सिसिलियन या या फिर फ्रेंच सब में आपको व्हाइट का अटैक का सामना करना पड़ता है लेकिन इस लाइन में आपको व्हाइट का अटैक का सामना नहीं करना है बल्कि व्हाइट को आपके अटैक का रिप्लाई देना है इसीलिए ये बहुत ही पसंद है मेरी लाइन तो मैं इसके बारे में आपको आगे भी बताऊंगा तो सभी वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और हो सके तो अपने अच्छे प्लेयर जो है उसे ग्रुप में शेयर भी कीजिए ताकि उनको भी ये सारी जानकारी मिले और जल्द ही मिलेंगे मेरे नए वीडियो के साथ फिफ्थ मूवीबी फाइव चेक वाले वेरिएशन में डी फाइव वेरिएशन के सारे भाग लेके मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे जल्द ही मिलूंगा तब तक के लिए जय हिंद जाएं, जय गुजरात